सामने फिर से आज ही हूँ नई इनफॉर्मेशन लेकर नए नोटिफिकेशन लेकर नई जॉब की डिटेल लेकर तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों दिल्ली के लिए दिल्ली की तरफ से एक जो, जो एक रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक तो करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेलाइकन को दुबाना ना भूलें इससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले वीडियो आप सभी तक पहुँचते रहते हैं तो चलते हैं हमारे वीडियो वीडियो की तरफ वीडियो बहुत ही नॉलेज एंड टस्टिंग होने वाला वाला है आप सभी के लिए और एक बड़ी अपडेट है आप सभी तक शेयर करनी बहुत ज़रूरी है तो दिल्ली जुडिशियल सर्विस प्रिलियम्स का रिजल्ट है वो जो कि रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है तो देख लेते हैं क्या अपडेट है आप सभी के लिए तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनके लिए गुड न्यूज़ है और आप सभी कब कितने टाइम से इंतज़ार कर रहे थे तो आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है ठीक है दोस्तों और ये मैं पहले इसको हटा देता हूँ ठीक है तो जुडिशियल सर्विस का दिल्ली की तरफ से जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है ऑल द डिटेल्स रिलेटेड दिल्ली जुडिशरी एग्ज़ाम 2022 लाइक नोटिफिकेशन एलिजिबिलिटी सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो इसके ऊपर है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है और यहाँ पर हम देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली हाईकोर्ट का ये एग्ज़ाम हुआ था जैसे कि आप सभी जानते हैं जो पोस्ट का नाम है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन ठीक है दोस्तों वैकेंसीज़ यहाँ पर एक सौ वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो हुआ था जैसे कि आप सभी को पता है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर सैलरीज पेश के लिए यहाँ पर आएगा आपका छप्पन हज़ार से लेकर एक लाख सत्तर पर आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर रहने वाली है जुडिशल सर्विस के जो मतलब कि एग्ज़ाम है यहाँ पर जज टाइप का दो, दोस्तों एक ग्रेड लेवल एक एक ग्रेड ए लेवल का हाई लेवल की वैकेंसीज है दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं तो उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है जो लोकेशन रहेगी आपकी नई दिल्ली के अंदर क्योंकि क्योंकि पता आपको हाई कोर्ट आपका दिल्ली में है ठीक है दोस्तों तो जितनी फाइनल सिलेक्शन है आपका वहाँ दिल्ली के अंदर आपको लोकेशन यहाँ पर दी जाने वाली है कैटेगरी देख लेते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की जो यही रहेगी आप सभी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली हाई कोर्ट डॉट तो इस वेबसाइट से जाके भी आप रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर कर सकते हैं और यहाँ पर फ़ीस जो आपने पे करी थी एक हज़ार रुपये फीस यहाँ पर, पर एप्लीकेशन फ़ीस फी करी थी, पे करी थी जनरल्स ने और एस सी कैंडिडेट ने यहाँ पर दो सौ रुपये फ़ीस यहाँ पर पे करी थी और पेमेंट मोड यहाँ पर ऑनलाइन था जैसे कि आप सभी ने फॉर्म जो है अप्लाई किया था ठीक है दोस्तों एज यहाँ पर 35 से सैंतालीस साल तक जितने भी कैंडिडेट थे उन सभी ने यहाँ पर अप्लाई किया था और मैक्सिमम यहाँ पर 32 साल तक की एज यहाँ पर रखी गई थी फॉर्म के लिए ठीक है दोस्तों तो एलएलबी वाले सभी कैंडिडेट ने यहाँ पर अप्लाई किया था उन सभी के लिए यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली है उनका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है ठीक है दोस्तों अब हम देखने वाले रिज़ल्ट आपका क्या है रिजल्ट में आपका क्या यहाँ क्या यहाँ पर रहा है तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार तो इसमें बहुत अच्छी बात है दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट हैं इसमें सिलेक्शन लिया है जिन्होंने ठीक है उन सभी के नाम रिजल्ट हम देखने वाले हैं अभी तो ये हमारा रिजल्ट है ये आ चुका है जैसे कि आप देख सभी देख सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये जो रिज़ल्ट है डिक्लेयर किया गया है रिजल्ट और दिल्ली जुडिशियल सर्विस प्रलियम्स का ये रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट वो डिक्लेयर किया गया है अट्ठारह पाँच बाईस को ये रिज़ल्ट जो है आज ही अभी अभी जस्ट ओनली ये रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर किया गया है ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस इन दिल्ली जुडिशल सर्विस प्रलियम्स का एग्ज़ाम है हुआ था आपका 24 चार को 24 चार को आपका ये एग्ज़ाम जो है हुआ था आप सभी ने दिया था तो ठीक है दोस्तों और फोम नंबर यहाँ पर चौबीस दो हज़ार जितने भी रोल नंबर देखने हैं अब राहुल सैनी अभिषेक आर्या तो ये कैंडिडेट जो हैं इनके फादर नेम नेम और कैटेगरी यहां पर डिस्क्लोज की गई है जैसे कि आप सभी देख सकते हैं और यहां पर मार्क्स भी मेंशन किए गए हैं कि आपके कितने मार्क्स यहां पर आए हैं ठीक है दोस्तों तो जैसे कि आप देख रहे हैं फॉर्म नंबर हैं ये फॉर्म नंबर भी यहां पर मेंशन किया गया है रोल नंबर यहाँ पर मैंशन किए गए हैं कैंडिडेट है, के नाम फादर नेम कैटेगरी और उनके टोटल मार्क्स जितने मार्क्स पर कैंडिडेट सिलेक्शन लिया है कैंडिडेट ने उन सभी को यहाँ पर मैंशन किया गया है ठीक है दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैक्सिमम यहाँ पर एस एस सी कैंडिडेट कैंडिडेट भी हैं यहाँ पर जो सिलेक्शन लिया है जिन कैंडिडेट ने और यहाँ पर ये यह जो पेजेस है 19 पेजेस का दोस्तों ये रिजल्ट है ठीक है और जिसमें सभी कैंडिडेट यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं और यहाँ पर टोटल मैं आपको कैंडिडेट यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कितने रहने वाले हैं अगर ऐसे अगर मैं एक एक नाम पढ़ूँगा दोस्तों तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप हमारा रिजल्ट जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं ठीक है दोस्तों तो 900 सौ यहाँ पर देख लेते हैं नौ कैंडिडेट हैं जो कि सिलेक्शन लिया है नौ कैंडिडेट ने यहाँ पर और लास्ट वाला जो कैंडिडेट है वो प्रिया अग्रवाल है उसका जो मार्क्स है यहाँ पर 148 मार्क्स पर कैंडिडेट को सिलेक्शन यहाँ पर दिया गया है प्रिया को ठीक है दोस्तों और यहाँ पर नोट दिया गया है दिल्ली दिल्ली जुडिशियल सर्विस मेन्स एग्जाम रिटर्न 2022 will be held on 11th and 12th June. ट्वेल्थ जून तो आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है सर्विस का मेन एग्ज़ाम यहाँ पर मैंशन किया गया है क्लियरली मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इस चीज़ को आप नोट कर लें कि जो आपका फाइनल एग्ज़ाम है वो आपका जून में यहाँ पर डेट मैंशन कर दी गई है आपका जो एक डून जून में एग्जाम होगा इलेवेंथ और ग्यारह और बारह जून तक आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा ठीक है दोस्तों एंड इट वुड बी कंसिस्ट ऑफ फोर पेपर तो फो चार पेपर आपके हो सकते हैं जनरल लीगल नॉलेज एंड लैंग्वेज का आपका एग्ज़ाम हो सकता है सिविल लो का आपका एग्ज़ाम होगा सिविल लो टू मतलब कि सिविल लो आपका दो पार्ट्स में आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है लास्ट है आपका क्रिमिनल लो तो इसके अंदर भी आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है ठीक है दोस्तों चार पार्ट्स में आपका ये एग्ज़ाम होगा आपका जो मेन एग्ज़ाम है वो उसकी डेट यहाँ पर मेंशन कर दी गई है मैं इसको पहले ये हटा देता हूँ ठीक है दोस्तों तो ये एक बड़ी अपडेट थी जो कि आप सभी तक शेयर करने बहुत जरूरी थी तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि सिलेक्शन लिया है जिन्होंने उन सभी कॉन्ग्रेचुलेसन्स कौंगर, और मुझे भी कमेंट में वो कैंडिडेट जरूर बताएँ जिन कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है या कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो भी हमें बताएँ ठीक है दोस्तों और अपनी होप आप ना हारें कि आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट एग्जाम में आपका जरूर 100 क्लियर होगा ठीक है आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा और हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितने कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया था और किस किस कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है और आप सभी और अगर हमें हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही हो तो आप हमें कमेंट कर ना बोलें कोई भी इशू हो तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो या फॉर्म फिल करने में या आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ठीक है दोस्तों हम अपने वीडियोस को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे आपके लिए अच्छे कंटेंट लाएंगे ठीक है तो ये एक अपडेट थी जो आप सभी तक शेयर करनी बहुत जरूरी थी जितनी भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो अपना रिज़ल्ट जाकर देखें कमेंट में और सभी अपना रिजल्ट देखें और मैं आप डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा वहाँ से जा भी आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं ठीक है दोस्तों